नमस्कार साथियों कर्क राशि के जातकों अप्रैल का ये माह आप लोगों के जीवन में क्या नवीनता लेकर के आया है क्या खुशियां लेकर के आया है क्या आपने जो गोल अचीव करने हैं अप्रैल माह में उनको अचीव कर पाएंगे साथ ही साथ इस माह आपकी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी वित्तीय स्थिति क्या रहेगी या आपका एजुकेशन कैसा रहेगा कैरियर कैसा रहेगा प्रेम संबंधों में क्या अनुकूलता आएगी पारिवारिक जीवन आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे ओवरऑल हर एक पॉइंट के हिसाब से हमने ये राशिफल बनाया है अंत में दर्शकों इस जो है माँ को शुभ और प्रभावी आप किन दिव्य उपायों से बना सकते हैं इस विषय पर प्रकाश डालेंगे ओवरऑल ये माह कैसा रहेगा इस पर हम पहले बताएंगे फिर बाद में जो है सभी पॉइंट को हम लेकर के चलेंगे फिर चाहे वो कैरियर हो चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्थिति हो चाहे वो आपका जो है लव रिलेशन हो फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो दर्शकों तमाम दर्शकों के हमारे प्रश्न होते हैं कि पंडित जी ये राशिफल किस पर आधारित है तो देखिए दर्शकों देशी ग्रामीण गृह युद्धे सेवायाव व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरें जन्म राशि प्रधानमंत्री तो नाम राशि न चिंतित शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप लोग राशिफल देखिए अपने जन्म राशि की प्रधानता दीजिए नाम राशि की आप लोग चिंता भी मत करिए तो आपके जन्म राशि पर ये राशिफल आधारित है आपको यदि आपकी वास्तविक जन्म राशि का ज्ञान नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ बर्थ का समय और वर्थ का स्थान जहाँ पर आप पैदा हुए हैं ये तीन चीजें ड्रॉप कर दीजिए हमारा यथास्भव प्रयास रहेगा कि आपकी वास्तविक राशि से हम आपको अवगत कराएं तो ये तो थी जो है बात साथ ही साथ कई दर्शकों की शिकायत होती है कि पंडित जी ये राशिफल इस महीने हम पर बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठा तो दर्शकों इसमें ना हमारा कोई दोष है ना इसमें आपका ही कोई दोष है ना ही राशिफल का कोई दोष है होता क्या है कि करोड़ों लोगों की कर्क राशि है अब आप जब पैदा हुए होंगे जिस समय पैदा हुए होंगे जिस स्थान पर पैदा हुए होंगे उसके आधार पर एक कुंडली बनती है बर्थ चार्ट आपका बनता है साथ ही साथ उसमें तमाम गणनाएं होती हैं जैसे कि आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा सूक्ष्म दशा, दशा, दशा, दशा प्राणदशा क्या चल रही है आपकी योगनी दशा क्या चल रही है आपके सब डिविजनल चार्टिस्ट क्या कहते हैं चलित कुंडली क्या कहती है देखिए लग्न कुंडली के साथ भाव चलित कुंडली का बहुत मेजर रोल रहता है हमें लगता है कि जो है आ, क्या कहते हैं ग्रह इस हाउस के हिसाब से फल देगा लेकिन चलित कुंडली में वो आगे आ जाएगा तो कहाँ से फल देगा तो कई चीज़ें दर्शकों को देखिए देखनी होती है तो आप लोग अपनी यदि कुंडली का विश्लेषण करवा लेते हैं तो वास्तविक रूप से पता चल जाएगा कि आपके जीवन में क्या चलेगा और उसके लिए कुछ विशेष उपाय होते हैं आप उनको करा सकते हैं तो इसके लिए दर्शकों स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप प्रोसेस पूछ सकते हैं खैर दर्शकों अप्रैल का माह कैसा रहेगा पहले हम आपको सूक्ष्म रूप से बताते हैं फिर बृहद रूप से बताएँगे तो कर्क राशि के जातकों यदि करियर के दृष्टिकोण से हम बात करें तो ये माह आप लोगों के लिए जबरदस्त रहने वाला है जी हाँ पदोन्नति का योग ये माह लेकर के आया है नई नौकरी का योग लेकर के ये माह आया है कोई नए रोजगार का सृजन होगा नौकरी में है तो नौकरी में आप बदल लेंगे आपको जो है एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जॉब का ऑफर बड़े आसानी से आएगा कर्क राशि के यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो अप्रैल के महीने में जो विद्यार्थी बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं यकीन मानिए आपको बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी और आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा अच्छे प्रदर्शन कर पाने में आप सफल होंगे पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये महीना आप लोगों के लिए शांति लेकर के आया है और आपका पारिवारिक जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा चलेगा प्रेम के मामलों में भी आप इस माह काफ़ी लकी साबित होंगे आपको रोमांस करने के तमाम मौके मिलेंगे आपके जीवन में प्रेम का भाव होगा यदि आप शादीशुदा हैं तो अप्रैल माह में दांपत्य जीवन थोड़ी बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियों से गुजर सकता है आर्थिक रूप से इस महीने आपको मिले जुड़े परिणाम अधिक मिलेंगे स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस महीने आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है कर्क राशि के जातकों अब चलते हैं विस्तृत राशिफल पर मतलब अब पहला पॉइंट जो आता है ये कैरियर और व्यवसाय का आता है आपका करियर कैसा रहेगा आपका व्यवसाय कैसा रहेगा तो अप्रैल के पहले सप्ताह में कर्क राशि के जातकों अपने आजीविका के संबंधित क्षेत्रों में कोई वांछित मुकाम अर्जित होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं अर्था, अर्थात अर्थात यह कर्क राशि के जात कि यदि आप बेरोजगार थे आपने कोई एग्जाम दे दिया तो उस एग्जाम का रिजल्ट आपके अनुकूल आएगा बिल्कुल तय है साथ ही साथ यदि आपका ज्वाइनिंग लेटर कहीं रुका हुआ है तो ज्वाइनिंग लेटर आप प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी नई जगह पर आपके जाने के योग बन रहे हैं आप बेकार की व नकारात्मक बातों को भूल करके अपने कामों में इसमार ध्यान देंगे करियर की राह आपके काफ़ी आसान रहेगी मनपसंद जगह आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है माह के दूसरे सप्ताह में थोड़ी बहुत सावधानी की जरूरत रहेगी सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं और माह के तीसरे सप्ताह में और अंतिम सप्ताह में आपको अच्छे परिणाम हासिल होंगे यद्यपि इस माह कोई नई जो है आप लोग बिजनेस खोलने की यदि सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप में कोई आप बिजनेस कर सकते हैं आपके मित्र आपके दोस्त उसमें आपका सहयोग करेंगे की कमी इस माह नहीं होगी बिजनेस को लेकर के के तो दर्शकों इस माह माह अप्रैल में कर्क राशि जातकों का प्रेम संबंध कैसा रहेगा आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि प्रेम की आवश्यकता सभी लोगों को होती है अपने जीवन में तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पहले सप्ताह में कर्क राशि के जातक एवं जातिकाओं के प्रेम संबंधों में कहीं कोई वांछित सफलता देखने को मिल सकती है जी हाँ आप हो सकता है कहीं बाहर गए हो वहाँ पर आपने किसी को पसंद किया हो और देखते ही देखते आप लोगों के जो है बीच में प्यार हो जाए साथ ही साथ आज जो है मतलब प्रेम के मामलों में अपने पार्टनर के साथ कहीं पर लंबी दूरी पर आप लोग यात्राओं पर जा सकते हैं और कोई नए प्रेम का प्रादुर्भाव आपके जीवन में हो सकता है लेकिन माह के दूसरे सप्ताह में छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोगों के बीच झगड़े उभर करके सामने आ सकते हैं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की नौबत तक आ सकती है हालांकि यदि आप अपने बुद्धि से काम लेंगे तो इसमें माह के तीसरे सप्ताह में सुधार होगा नहीं तो आप लोगों के जो रिश्ते रहेंगे इसमें थोड़ी सी कड़वाहट भी आ सकती है जहाँ नया प्रेम मिलेगा लेकिन दूसरे सप्ताह के बाद प्रेम में जो है कड़वाहट आती हुई दिखाई पड़ रही है दर्शकों अविवाहित लोगों के जो मतलब स्थिति रहेगी विवाह में बंधन में बंधने की तमाम स्थितियाँ देखी आ रही है माह के अंत में आप लोग विवाह के बंधन में बंधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी कारणवश यदि आपका कोई रिश्ता या आपका विवाह कोई प्रथक हो चुका है टूट चुका है तो आप लोग फिर से जो है नए जीवन का आप लोग संचार करेंगे आपके जो है जीवन में नौ नए प्रेम का संचार होगा वित्तीय स्थिति की ओर चलते हैं कर्क राशि के जातकों के जीवन की वित्तीय स्थिति में जो है अप्रैल माह में क्या क्या स्थितियाँ रहेंगी आपकी फाइनेंशियली स्थिति क्या रहेगी कितना पैसा आप लोग कमाएंगे धन की स्थिति क्या रहेगी तो धन के मामले की यदि हम बात करें कर्क राशि के जातकों तो माह के पहले सप्ताह में कर्क राशि के जातकों को अपनी आमदनी को और अच्छा करने के सुअवसर प्राप्त होंगे जिससे आपके उत्साह में वृद्धि होगी किंतु कई बड़े काम जैसे कि शादी हो गया भवन निर्माण हो गया या वाहन खरीद हो गया इनमें धन का कुछ अभाव बना रह सकता है हो सकता है कि लोन इत्यादि के लिए जो भी आपने अप्रूवल डाले हुए हैं वो आपके रिजेक्ट हो जाए इस हेतु तो कुछ परिचित लोगों से तथा किसी वित्तीय संस्थान से उधार लेने के आप मूड में रहेंगे और आपको उधार मिल भी सकता है लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो उपाय बताएंगे उसको कर लेंगे तो और आसानी से मिलेगा तीसरे व अंतिम सप्ताह में आपके कारोबार में अच्छी आमदनी के संकेत स्पष्ट रूप से सितारे दिखा रहे हैं यदि आपका कारोबार पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर हो सकता है आप दोनों लोगों के बीच थोड़ा सा धन को लेकर के पार्टनर के साथ मिसअरस्टैंडिंग हो तो इसका आपको ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं तो ओवरऑल स्थिति ठीक रहेगी शिक्षा एवं आपके एजुकेशन की ओर चलते हैं कि एजुकेशन क्या रहेगा तो माँ के पहले सप्ताह में कर्क राशि के जातकों को अपने विषयों को और अच्छा बनाने तथा सफलता के शिखर पर पहुँचने के कई उमदा अवसर प्राप्त होंगे फिर चाहे वह संगीत हो फिर चाहे वह फिल्म के क्षेत्र में हो फिर चाहे वह तकनीक के क्षेत्र में हो फिर चाहे वह टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में ही क्यों ना हो सफलता के स्पष्ट संकेत सितारे दिला रहे हैं आप लोग मेहनत करिएगा और सफल होंगे माँ के दूसरे सप्ताह में आपके ग्रह आपको बेकार की बातों से बचने का यहाँ पर फरमान दे रहे हैं जी हाँ समझ लीजिए फतवा दे रहे हैं आपका फालतू के बातों में मत पड़िएगा अन्यथा आप जो है कहीं बहक सकते हैं कहीं आपका मूड जो है घूम सकता है तो इन सब चीज़ों से आपको बचना रहेगा यदि आप यह कर पाते हैं तो माह के तीसरे व अंतिम सप्ताह में सफलता में कामयाबी का सफरनामा आप लिख सकते हैं जी हाँ कोई एग्जाम देने जा रहे हो टेक्निकल चीज़ों का है तो उसमें आप लोग सफल हो सकते हैं हेल्थ की ओर चलते हैं कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो कर्क राशि के जातक एवं जातिकाओं बदलते हुए मौसम के अनुसार अपने खान पान का यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ सकते हैं आपको जो है वायरल इंफेक्शन हो सकता है आपको जुखाम हो सकता है सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा हालांकि मां के दूसरे सप्ताह में और तीसरे सप्ताह में आप सेहत युक्त रहेंगे अपनी सेहत का गिरते हुए सेहत का आप ध्यान देंगे उचित चिकित्सीय परामर्श के बल पर जो है दवाएँ आपको लगेंगी तो लिहाजा यहाँ पर हम आपको स्पष्ट रूप से सावधान करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन रहेगा स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा अब बढ़ते हैं हमारा जो अंतिम पड़ाव है ये है उपयोगी उपाय कर्क राशि के जातकों को यदि हम जो उपाय बताने जा रहे हैं यदि श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक करते हैं तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा उनके लिए काफ़ी फलदायक रहेंगे उपाय करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों देखिए शनिवार के दिन सरसों के तेल तथा काले तिल का यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा साथ ही साथ प्रतिदिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाना रहेगा वैसे तो केसर का के तिलक मस्तक जिम्भा नाभि पर लगाते हैं लेकिन आप लोग यदि मस्तक पर केसर प्रतिदिन इस माह लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा प्रतिदिन नित्य रूप से आप भगवान शिव जी की आराधना करिए पूजा करिए और शिव चालीसा का आपको पाठ करना रहेगा इस माह कोशिश कीजिएगा ब्लैक कलर को आप लोगों को एवॉइड करना रहेगा ब्लैक कलर को बिल्कुल अगर आप एवॉड कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा साथ ही साथ पूर्णिमा वाले दिन आप लोग जो है श्री सूक्त का पाठ करिए लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए कनक धरा स्त्रोत का पाठ करिए लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होगा जब भी बैंक जाते हैं कोई धन जमा कराने या अपने कार्यक्षेत्र पर अपनी गद्दी पर अपनी कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं तो श्रीम बीज मंत्र का श्रीम जी हाँ श्रीम बीज मंत्र का मानसिक रूप से जाप करिए माँ लक्ष्मी आपके जो है जीवन में आकर्षित होंगे वो धन के माध्यम से हो फिर चाहे वो सोने चांदी के माध्यम से हो वो वाहन के माध्यम से हो वो घर के माध्यम से हो निश्चित रूप से उनका प्रादुर्भाव आपके जीवन में होगा तो ये उपाय आप लोग कर लीजिएगा कर्क राशि के जात को कैसा लगा हमारा ये प्रयोग उपाय आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना बेल आइकन दबाइए यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं साथ ही साथ आप फ़ोन कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोसेस पूछ सकते हैं हर रविवार रात्रि 10 से 11 बजे के मध्य हम लाइव आते हैं तो आपके जो भी प्रश्न हो आप लोग लाइव पूछ सकते हैं आपको अपनी यदि कुंडली का विश्लेषण करवाना है आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार